तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का क्या रहेगा हल तो मेष राशि के जातकों आज शारीरिक और मानसिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है वाणी और व्यवहार पर संयम बरते, राग द्वेष से दूर रहें और अपने शत्रुओं से संभलकर चलना है आज स्वास्थ्य की ओर आपको अधिक ध्यान देना रहेगा अन्यथा आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रतिकूल दिखाई पड़ेगा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 जय छठ मिया